आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमेडीज एन एच एस टेजर में आपका स्वागत है साथियों आज हम सतावर की चर्चा करेंगे सतावर एक महान औषधि में रसायन एस्पेरागस रेसिमोस लिलियेसी या एस्पेरागेसी फैमिली का है ये इसके अंदर मित्रों वास्ट थ्रोपेटिक एप्लीकेशन इस प्लांट की होती हैं बहुत सारी बीमारियों के निराकरण के लिए इसको हम उपयोग में लाते हैं और आयुर्वेद की तो ये महान औषधि है ही बाकी यूनानी सिस्टम ऑफ फीलिंग में होम्योपैथी में और कई मॉडर्न मेडिसिन के बनाने में इसका विशेष उपयोग किया जा रहा है मित्रों इसके अंदर छोटे छोटे कांटे होते हैं सावधानी से आपको इसको हैंडल करना चाहिए आप इसके निडल शेप जो लीव्स देख रहे हैं इनका आप इकट्ठा कर लीजिए और घी में भूनकर इसका आप सेवन कीजिए विटमिनस की शरीर के अंदर जो कमी होती है उसको पूरा करने का एक कार्य करते हैं साथ ही इन्हीं कॉमल पत्र का आप अगर डिकॉक्शन बनाकर सेवन करते हैं तो पित्त जनित बुखार को दूर करने का कार्य करते हैं तो इसके पत्र आपने जाना कि कैसे हम औषधीय गुणों के लिए उपयोग में ला सकते हैं आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और बुखार को ठीक करने के लिए हम इसके पत्र का उपयोग कर सकते हैं साथियों शतावरी इसको इसलिए कहा जाता है ये इसकी एडवेंटिशियस रूट्स आप देख रहे हैं ये इससे निकलने वाली रूट्स हैं और 100 से ज़्यादा इसके अंदर पाई जाती हैं इसीलिए इसको सतावर कहा जाता है कुछ लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि 100 से ज़्यादा आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन में इसका उपयोग होता है इसलिए इसको सतावर कहते हैं और कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि एडवेंटिशियस रूट्स की संख्या सौ होती है करीब हंड्रेड होती है इसलिए इसको हम सतावर कहते हैं मित्रों इसके अंदर स्टार्च कंटेंट भी पाया जाता है और मिनरल्स भी पाए जाते हैं तो कैसे हम इसका पाउडर बना सकते हैं इसको आप हार्वेस्ट कर लीजिए पार बॉयलिंग पार बॉयलिंग जब करते हैं तो इसको क्या करना है आपको गर्म पानी कर लीजिए अच्छे से और उसके अंदर इसको डाल दीजिए तो आप देखेंगे कि इसके जो अंदर स्टार्च होता है वो जिलेटनाइज हो जाता है और इसके ऊपर से हम इसकी कोटिंग उतार देते हैं और फिर हम इसको काट के सुखा लेते हैं सूखने के बाद ये बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी के तरह हो जाता है और फिर इसका पाउडर बना लेते हैं हाइग्रोस्कोपिक इसका पाउडर होता है उसमें मॉइस्चर को लेने की क्षमता ज़्यादा होती है नमी को ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है तो इसको हमें एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए इसका सेवन हमें औषधीय गुणों के लिए उपयोग में करते हैं इसके पाउडर का साथियों इसका पाउडर सभी प्रकार की महिलाओं और पुरुषों की समस्या को दूर करता है इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर करता है आप क्या करेंगे इसका एक अच्छा योग अश्वगंधा के साथ भी बताया गया है वाजीकरण के लिए उपयोग में लाते हैं मेल और फीमेल हॉर्मोन को रेगुलेट करने का कार्य करता है शुक्रवर्धन का कार्य करता है बल और मेधा को बढ़ाने का कार्य करता है इसकी ग्रीन टी बनाकर भी हम लोग सेवन करते हैं इसके पाउडर को आप ले लीजिए और बराबर मात्रा में सुगंधा मिलाकर दूध के साथ गाय का दूध हो तो उत्तम होता है आप अगर सेवन करते हैं तो एंटी एजिंग बुढ़ापे को दूर करने वाला आपकी लौन्गीविटी को लाइफ की लॉन्गीविटी को बढ़ाने वाला और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला होता है इसका आप अगर सेवन करते जाते हैं तो शरीर के अंदर यूरिनोजनाइटल सिस्टम में अगर स्टोन की समस्या है इन्फ्लामेशन की समस्या है ट्यूमर्स से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो धीरे धीरे वो भी रेमीडिएट या ठीक होती हुई चली जाती हैं मित्रों प्रोस्टेट की समस्या है उसको भी ठीक करता है गोल ब्लैडर या किडनी स्टोन की समस्या है तो धीरे धीरे उसका भी निराकरण करता है आप इसको दूध के साथ सेवन कर सकते हैं दूध अगर अच्छी क्वालिटी का ना मिले अच्छा दूध ना मिले तो शहत के साथ भी आप इसका सेवन कर सकते हैं मित्रों किडनी स्टोन या गोल ब्लड स्टोन में प्रारंभिक अवस्था में अच्छी गुणवत्ता इसकी होती है और अगर साइज काफ़ी बढ़ जाता है तो इससे कंट्रोल फिर नहीं हो पाता है लेकिन किडनी स्टोन को दोबारा बनने की जो प्रकृति होती है उसको ये रोकता है दोबारा नहीं बनता है इसको आप मानसिक तनाव को दूर करने के लिए अच्छी निंद्रा को लाने के लिए ये शरीर के न्यूरो मस्कुलर सिस्टम दोनों पे कार्य करता है मानसिक लेवल पे तनाव को दूर करने का कार्य करता है मेमोरी को बढ़ाने के लिए आप इसको उपयोग में लाते हैं और मानसिक तनाव के कारण अगर बाल झड़ने की समस्या हो गई हो उसको भी ठीक करने का ये कार्य करता है आप इसको शहद के साथ दूध के साथ ले सकते हैं साथियों इन जड़ों का महानारायण तेल महानारायण तेल अगर अच्छी गुणवत्ता का मिल जाए या फिर अच्छी फार्मेसी से आप अगर बना हुआ ले रहे हैं तो वो एडिबल भी होता है और एक महानारायण तेल जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं वो एडिबल नहीं होता है तो ये आपको पहले एश्योर करना होगा कि ये एडिबल है कि नहीं तो इससे महानारायण तेल भी बनाया जाता है जो अच्छे बालों की ग्रोथ के लिए टूटते हुए दो बालों के लिए रूट हेयर्स की मजबूती के लिए आप लोग उपयोग में लाते हैं साथियों ग्रीन टी के रूप में भी आप इसका सेवन करते हैं तो हार्ट के अंदर आर्टरीज़ और उनके अंदर पाए जाने वाले कोलेस्ट्रोल को कम करने का कार्य करता है एथिरसिक्लोरिस कहते हैं इसको साइंटिफिक भाषा में उसको ये कम करता है कोलेस्ट्रोल को कम करते हुए आर्टरीज को क्लीन रखता है और उस, उनसे संचारित होने वाले ब्लड को प्रॉपर करता है ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए हॉर्मोन्स के रेगुलेट करने के लिए मित्रों इनफर्टिलिटी की समस्या और मेंस्ट्रुअल फ्लो की जो समस्या है एक्सेस होना या कम होना ये सब हार्मोन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनके निराकरण करने के लिए उनको ठीक करने के लिए भी आप इसको उपयोग में ला सकते हैं बहुत ही सेफ़ ये प्लांट है रसायन कहा गया है आयुर्वेद में इसे और इसको आप घरों में गमलों में आसानी से लगा सकते हैं बीज के माध्यम से हो जाता है और इन्हीं जो आप रूट देख रहे हैं जड़ देख रहे हैं एडवेंटिश रूट्स हैं इनको भी आप अगर हार्वेस्ट करेंगे और इसको आप तीन तीन चार चार महीने तक भी रखेंगे तो ये सूखती नहीं है फिर इन्हीं से नए प्लांट की उत्पत्ति हो जाती है इनसे भी आप इसको लगा सकते हैं गमलों में लगा सकते हैं वेस्ट लैंड पर लगा सकते हैं ज़्यादा इरीगेशन की आवश्यकता नहीं है एरिड क्रॉप है आसानी से हो जाती है और महान औषधि तो है ही मित्रों ब्लड शुगर को रेगुलेट करने का भी कार्य करता है हाइपरटेंशन को कम करता है तनाव को कम करता है ब्लड प्रेशर को कम करता है एंटीडायबिटिक प्रॉपर्टीज़ भी इसकी होती हैं दुग्धवर्धन के लिए इसका उपयोग किया जाता है माताएं बहने जो शिशुओं को दूध पिलाती हैं उनको दुग्धवर्धन के लिए सतावर दूध के साथ सेवन करना चाहिए अच्छा कार्य करता है कमर में रिब्स केज में होने वाले दर्द को ठीक करता है तो शरीर की इम्यूनिटी न्यूरोमस्कुलर सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम्स मेटाबॉलिज्म से संबंधित डिसऑर्डर्स यूरिनोजेनाइटल सिस्टम की प्रॉब्लम सभी में ये अच्छा कार्य करता है महान है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं अच्छा जीवन जीने के लिए इसको आप उपयोग में लाइए मित्रों लेकिन हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी ज़्यादा मात्रा में अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा या फिर अगर आपकी इम्यूनिटी बुखार होने के बाद सडनली कम हो गई है तो इसका सेवन कम मात्रा में स्टार्ट करना चाहिए ज़्यादा मात्रा में एकदम लेना नहीं चाहिए कॉन्स्टिपेशन ये कॉज करता है तो अगर ऐसी परिस्थिति हो तो आपको इसको एक सप्ते दस दिन के लिए ब्रेक ज़रूर देना चाहिए और कॉन्स्टिपेशन जब आपका ठीक हो जाए तो फिर से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं इस प्रकार से सेफ्टी के साथ इस रसायन का आप उपयोग कीजिए आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए घरों में गमलों में अपनी गृहवाटिका में आप इसको लगा सकते हैं जानकारी को जरूर साझा कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो बेलाइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नित्य सुबह साढ़े बजे आने वाली प्लांट की जानकारी आपको प्राप्त हो सके इन्हीं बातों के साथ कल सुबह फिर मिलेंगे आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार